सावासी हरे तुमको रंग बदलने में बड़े जाबाज हो गए हो अजी सावासी है तुमको रंग बदलने में बड़े जाबाज हो गए हो हमें आम कर दिया या आजकल किसी और के खास हो गए